परासिया में अवैध रेत का धंधा बेखौफ चालू है प्रशासन और कुछ सफेदपोश लोगों की मिलीभगत के जरिए रेत की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है पुलिस ने जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा तो उसका ड्राइवर और मजदूर पुलिस को चकमा देकर भाग गए न्यूटन चौकी इलाके में अवैध तरीके से रेत का धंधा करने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया तो इस ट्रैक्टर ट्रॉली से ड्राइवर व मजदूर भाग गए पुलिस ने रेत तस्करी को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है न्यूटन चौकी इलाके में अवैध कामों का सिलसिला निरंतर जारी है